हौसला कैसे झुके ये हारे कैसे रुके ये हौसला कैसे झुके ये कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हाई ये दिल तो क्या